Oh, get rid of this evil. बोलो अरे गल गलिया पे चाहत ही तू कतरे नोगे साहब सुन लो, और बैठी संदी संदी साहब की टोन पे टोन टोन टोन पे, पे, पे और बैठी संदी संदी, साहब की बेटा के हाथ में सूज बगल में डोड़ा ले गई संदी को पिछोरा आहा के, के हाथ, हाथ में सूज पगल में ढोरा ओ ले गई संदी को पिछोरा काई संदी दाए दाए आई कोड़न नदी बिछा लंदे दी फैल जाती पिछोरा काओ संदी सुगले करिया पे ये जानली तू परोल लला पर सब सुन ले सुनल और, और जन चित्र लेकिन और उनके बगल तो में और सचरे मोरे के मोरे के मोरे मोरे छत साल राज हमारी माताएं बहनें अपने संधि से, से। जे जे जे। और, और उनके की जो और सखिया है, है। अपने दूल्हा दुर्न गलियन हो इन गलियां ने हो, ने हो से नीलेश हाउस उसाना वाले को तो बुलाएंगे जरूर बुलाएंगे धन्यवाद लेकिन कहना है, है पूजी <laughs> <laughs> <laughs> समित पहली रात को सपनों सुनो सुनो रे समीजू बात, आखिरी बात आप उसके बाद ठीक हो में सेवाएं खिलाना सबकी होने जबियत से लगता है अब काबू नहीं रहते सब के ये, ये, ये लगा। लगा। तो किस्म-किस्म का मामला है काबू है पे तो सो रही जने तारे और सो रही जब सो रही जने आए वो सो रही दोना कहाँ yes होगी? Yes, yes yes yes अरे दोना हो गए चरना लड़का लोगे कहे कहे सो जाते हैं चुपचाप नहीं पापा पैसा नहीं देंगे विवाह में कैसे-कैसे की थी हमारी माताएं बाइने गाँव लगे थे अरे अरे कल निकले जा रहे हैं खटुलनारे खटुलना देखो तो हालों कोसों पड़ी मोना जा रहा खटुल की, की, की, की, की, माय लेकिन सुनो क्या बेतो सो रही जाने आए वो र सो रही तो ना लाए सो क्या तो ना होगा ये इतवारवाय होत कछु बुधवारवाय होत कछु शनिवारवाय होत ओ कछु और, और। हां हा। की सोजा बेटा चुपचा नई पावा ए बनी रे तेरी अखिया चांद तारे बनी रे तेरी अखिया या ढोलक वालों को देते हैं का बनी तेरी धन्यवादिया तारे ये बनी तेरी बना रहे